हमारे हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट है कैबिनेट लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है कौन से ज़िले का प्रभार दिया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगर दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चलिए आपका समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं इनको मुख्यमंत्री का तो परिवार है ही है ये पूरे, रा, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश राज्य के और इनको जो अन्य विभाग दिए गए हैं वो सामान्य प्रशासन जनसंपर्क नर्मदा घाटी विकास विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों इनका जो रेस्ट हाउस है भोपाल में श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री निवास है दोस्तों अब हम बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा जो कि हमारे गृह मंत्री हैं जेल मंत्री हैं इनको संसदीय कार्य विभाग भी सौंपा गया है विधि और विधायी कार्य भी मतलब जो भी कानूनी है इनको जिले का प्रभाव मिला है इंदौर जिले का और इनका जो पता है बी चार V6, चार इमली इंदौर में वहां पर है अब हमारे आते हैं गोपाल भार्गव जी इनका विधानसभा क्षेत्र सागर है इनको मिला है लोक निर्माण विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग <coughs> इनको क्षेत्र जो मिले हैं जबलपुर निवाड़ी अब आते हैं हमारे श्री तुलसी सिलावट जी इनको मिला है विभाग जल संसाधन महुआ कल्याण एवं विभाग इनको दिया गया है जिले के प्रभार हैं ग्वालियर एवं हरदा जिला आते विजय शाह ये वन मंत्री हैं हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं नरसिंहपुर और सतना इनका जिला प्रभार है आते श्री जगदीश देवड़ा जी वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया है कटनी एवं उज्जैन का जिले प्रभार है अब आते हैं श्री विसाहू लाल सिंह इनका विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंडला एवं रीवा जिला इनका जिला प्रभार है श्रीमती यशोधर यशोधरा जी हैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आगर मालवा और देवाश इनका जिला प्रभार है अब आते भूपेंद्र सिंह जी नगरी विकास एवं आवास इनका मंत्रिमंडल विभाग है और जिला प्रभार है भोपाल सुश्री मीना सिंह जी जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुपुर सीधी से अब आते श्री कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विभाग दिया गया है खरगोन इनका जला प्रभार विजेंद्र प्रताप सिंह घनिष्ठ साधन एवं श्रम विभाग होशंगाबाद और सिंगरौली जिला प्रभार श्री विश्वास सारंग चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्राजी एवं राहत पुनवास विभाग में है टीकमगढ़ और विदिशा जिला प्रभार है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग धार शिहोर जिला प्रभार श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवपुरी से हैं, शिवपुरी जिला प्रभार इनका श्री प्रद्युवंत तोमर ऊर्जा विभाग दिया गया है इन्हें अशोकनगर गुना इनका जिला प्रभार है श्री प्रेम सिंह पटेल पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग बुरहानपुर जिला प्रभार है श्री ओम प्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया छतरपुर श्रिवनी इनका जिला प्रभार है शुश्री उषा ठाकुर पर्यटन संस्कृति अध्यात्म विभाग खंडवा नीमच जिला प्रभार इनका अरविंद भदौरिया प्रबंधन रायसेन सागर से इनका जिला प्रभार है डॉक्टर मोहन यादव ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं डिंडोरी राजगढ़ जिला प्रभार श्री हरदीप सिंह डंग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग इनका घाट बड़वानी जिला प्रभार श्री राज्यवर्धन सिंह औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अलीराजपुर और मंदसौर जिला प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार है और नर्मदा घाटी विकास इनका विभाग है मुरैना शिवपुर इनका जिला प्रभाव है श्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार मंत्री है सामान्य प्रशासन बैतूल श्री राम खिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास सहडोल इनका जिला प्रभार है श्री राम किशोर कांवरे आयुष्य और जल संसाधन मंत्री हैं ये पन्ना उमरिया इनका जिला प्रभार है श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग साजापुर, श्री सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग दतिया दतिया इनका जिला प्रभार है हमारे लास्ट में श्री ओ पी एस भदौरिया नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं इनका जिला प्रभार है दोस्तों हम एक और अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं संविधान में इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है आपको बताना चाहते है मुख्यमंत्री की मुख, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्य का राज्यपाल करता है और संविधान में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 सौ के अनुसार राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और दोस्तों यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल को एक विवेक अपने विवेकाधिकार से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है ये संविधान में वर्णित है और एक और जानकारी देना चाहता हूँ इक्यानवे जो इक्यानवे संविधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद एक के तहत कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए और नहीं होते एक सौ से मुझे याद आया कि संविधान के अनुच्छेद एक का एक या का के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और एक में दिया है कि राज्यपाल की सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की है, की कुछ हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के के विभागों का वितरण करता है। मुख्यमंत्री मंत्री के सदस्यों को सहयोग निर्देश नियंत्रण और मार्गदर्शन देता है मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना देता है राज्यपाल सूच के सूचना मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध कराता है राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखता है तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को स... अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए अपडेट्स लेने के लिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में थैंक यू